जिसको जो कहना है कह दो अपना किया जाता है ये तो बक बक की बात है हर वक्त सबका आता है